सो हेलो वेलकम बैक गाइज रहा था आपके व्लॉग में तो आज सुबह सुबह मैं अभी, अभी उठा उठाऊँ तो आज मैं उठने में काफ़ी लेट हो गया था अभी साढ़े आठ बजे रहते और हमारा कमरा भी अभी ऐसे गंदा पड़ा है तो मेरे को अभी सबसे पहले सफ़ाई करनी है तो मेरे यहाँ पर अभी झाड़ू लगा रहे हैं सुबह सुबह ही तो मैं वैसे तो अभी नीचे झाड़ू लगा क्योंकि मेरे अंकल आंटी अभी अभी बाहर गए आपको पता ही है तो इसलिए मैं नीचे लगा रहा था तो उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे की सफाई कर रहा था अपना यहाँ पे अपना पानी चला रहा था तो फिर उसके बाद यहाँ पे एक कुत्ता था, था मैंने उसके ऊपर भी थोड़ा सा पानी डाल के देखा देखो कितनी तेज़ी से भाग रहा है एकदम क्या जंप मारी यार चलो छोड़ो तो उसके बाद चलो अब सब कुछ काम हो चुका है नीचे पीछे झाड़ू वाड़ू लग गई अब चलो ऊपर चलते अपना तो ऊपर आके अभी के लिए तो मैं सबसे ऊपर आया हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने कल गेहूँ धोए थे चलो अभी के लिए तो फोल्डिंग को सबसे उपर पहले ऊपर लेके चलते हैं तो यहाँ हैं फोल्डिंग को अपना तो चलो हमने गेहूँ वेहू भी सुखा दिए अब हम भी अपने यहाँ पे कुर्सी डाल के बैठते हैं तो चलो अभी लिए हम अपना बैठ चुके हैं तो, तो अभी सुबह सुबह काफ़ी धूप हो रही थी तो मेरे को भी काफ़ी तेज धूप लग रही है तो उसके बाद यहाँ पे हमारा खाना तैयार है आलू और रोटी वही बोरिंग सा खाना डेली वाला तो अभी चलो खाना खाते हैं अपना साथ में हम यहाँ पे टीवी भी देख रहे थे तो यहाँ पे मूवी चल रही है खिलाड़ी सात चलो अभी तो अपना मूवी देखते हुए खाना खाते हैं तो यहाँ पे मेरा भाई ने यहाँ पर अभी दो तीन चार दिन पहले कान बिंदवाया था अपना तो वो वैसे ही भूल गया था तो वैसे तो मेरा भी कान बिंदा हुआ है बट मेरे कान को एक एक साल से ऊपर हो चुका है मेरे भाई ने अभी ताज़े से ताजा बिंदवाया है तो मेरा भाई वैसे तो अभी ना के आया था बड़े दिनों बाद <laughs> तो अभी तो हम यहाँ पे टीवी देख रहे हैं टीम मूवी चल रही थी अभी तो दूसरी चल रही थी अभी तो उसके तो तो बाद मैं यहाँ पर लाइब्रेरी में आया था तो लाइब्रेरी में मैं यहाँ पर पे पे पेटीस लाया था अपने लिए खैर वैसे मैं घर से तो खाना खा के आया था लेकिन यहाँ पर आके भूख सी लग रही थी तो मैं पेटिस ले आया तो चलो अभी ग्रे तो अपना पेटीज खाते हैं तो उसके बाद अभी हमें मैथ्स पढ़ रहे हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उसी के हम यहाँ पे कुछ सवाल निकाल रहे हैं अपना ताकि सवालों वाल निकाल के हमारी अच्छी तैयारी हो जाए तो वैसे भी इसी महीने से बोर्ड आने वाले हैं तो इसलिए अब हमें जल्दी अपना सिलेबस ख़त्म करना है उसके बाद फिर अपना रिवीजन चालू करेंगे तो चलो अभी थोड़ा तो मैथ करते हैं तो उसके बाद मैं यहाँ पे अपना लाइब्रेरी से घर के लिए निकल गया तो मैं काफ़ी जल्दी निकल गया था क्योंकि मेरा जो आज का काम था मेरा जो आज का टारगेट था वो पूरा हो चुका था तो इसलिए मैं डायरेक्ट घर से निकल गया तो यहाँ पर मैं अपना घर पर पहुँच चुका हूँ अपना अब तो चलो ऊपर चलते हैं तो चलो ऊपर में पहुंच चुका हूं और ऊपर पहुंचते ही वही हमारे घरवालों ने डेली की तरह गाने बजा रखे हैं यहां पे भी तो उसके बाद मैं यहां पे अभी आलू काट रहा हूं अपना चलो सबसे पहले आलू काटता तो हूं फिर बताता हूं ये क्यों कट रहे आज चलो आलू तो कट चुके हैं और आज हमारे घर में पकौड़ियाँ बनने वाली है तो इसलिए आलू काट रहा था तो चलो आलू मैंने काटे पकौड़ी अब मम्मी जी बनाएगी तो जितने मम्मी जी पकोड़ी बनाती है इतना हम अपना ऊपर घूम के आते हैं तो अभी तो मैं ऊपर जा रहा हूं अपना तो ऊपर तो वही जो हमने सुबह गेहूं सुखाए थे अपना वही सूख रहे हैं तो सबसे पहले तो इनको ठिकाने लगाना पड़ेगा मतलब इनको नीचे रखाते हैं सबसे पहले चलो चलो वहाँ पर अपना गेहूँ वेहूँ साफ़ कर दिया है अब हम यहाँ पे लेटने वाले हैं आराम से हम तो यहाँ पे आराम से लेट के खाली आसमान देखने वाले हैं तो नीचे हमारी भी तैयार हो चुकी है तो पकौड़ी और सॉस अब दोनों को अपन लोग इनको खाने वाले हैं तो चलो अपना पकौड़ियों को खाते अब तो वैसे तो काफी टेस्टी लग रही है यार बट अभी भी यार किसी चीज़ की कमी है तो कमी थी चाय की तो मैंने अपने लिए यहाँ पर अकेले के लिए चाय बनाई है मेरी मम्मी और मेरे भाई को तो पीनी नहीं थी इसलिए तो मैंने अपने अकेले के लिए ही बनाई है चलो हम चाय के साथ पकौड़िया खाते हैं उसके बाद मैं और मेरा भाई यहाँ पे टीवी देख रहे थे अपना आराम से एक मिनट यहाँ पर तो लाइट आ ही आया टी वी पर हाँ यहाँ से ठीक है तो हम यहाँ पे क्रेजी एक्सवाइजाइड वी की वीडियो देख रहे थे यहाँ पे उसकी जू वाली वीडियो है शायद ये देखो टाइगर एरा तो उसके बाद अब यहाँ पे अपना रात का दूध भी रेडिया मारा चलो तो अब दूध पीते हैं तो दूध और दूध पीने के साथ साथ हम यहाँ पे फुकरा इंसान की वीडियो देख रहे थे पहले तो अपना दूध पी के अब सोते हैं इस लोग को भी यहीं पे एंड करते हैं बाय